दिन, कितने दिन से गायब थी सूखा 25 तारीख से सूखे 25 तारीख गायब थी कल हम लोग को इसका लिखित एक आवेदन उसके परिवार वाले नमस्कार जय हिंद अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वहाँ पर एक बताया जाता है कि एक लेडीज की मृत्यु हो जाती है जो कि कुआं में कूद के बताया जाता है देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से भीड़ लग चुकी है गांव के सारे लोग आ चुके हैं रेस्क्यू का काम शुरू किया जा रहा है मृत शरीर को बाहर निकाला जा रहा है और हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं उनसे बात करूँगा आखिर मैटर क्या है मैं परिजन से ही बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर मैटर क्या है और किस तरीके से ये दो दिन से बताया जाता है कि दो दिन से लापता थी खोजबीन चालू की जा रही थी और अभी तक जो है आज पता चला है सुबह कि ये कुआं में मिली है, देख सकते हैं यहां पे भीड़ लग चुका है आइए हम दिखाते हैं सबसे पहले कहां पे है, आइए देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी जो है लेडीज भी मौजूद हैं, हैं और देख सकते हैं यहां पे, यहां पे ज़ूम करके, मैं कैमरामैन है बताया जाए कि जो है सो किस तरीके से यहाँ पे देखिए लास्ट मृत शरीर आपको दिख रहा होगा दो दिन से लापता बताया जाता है खोजबीन चालू थी आ, परिवार का क्या कहना है उनकी भी राय मैं लूंगा साथ में यहाँ पे जो ऑफिसर आए हैं उनसे भी जाने की कोशिश करूंगा कि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में क्या बात सामने आ रही है और भी कुछ लोग मौजूद हैं सबसे पहले यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं मैं उनसे बात करूँगा आइए आगे मैं दिखाने की कोशिश कर देख सकते हैं जो लड़की थी उनकी मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रो रहे हैं आप इन्हें खुद नहीं पता है कि मैटर क्या है आखिर आपको क्या लगता है सबसे पहले तो हम इस रुख की गाड़ी में आपको संतावना व्यक्त करते हुए कहते हैं क्या करना चाहते हैं इसके करना चाह सकते हैं किस तरीके से रोक रख रहे हैं इनको खुद ही पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर हुआ क्या ये ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके का जो है चीज होगा और इस तरीके का दो दिन कितने दिन से गायब थी सुखा पच्चीस तारीख से सुखे 25 तारीख से गायब थी और कब पता चला कि अभी इसमें गिरी हुई है आदमी देख लेती अभी सुबह पता चला तो आपको और किसी पे शक है कि कुछ कोई करा सकता है नहीं शक नहीं है तो आखिर देखिए इनको किसी पे शक नहीं है कि ये कुछ करा सकता है अब इन्हें ये जांच का विषय है पुलिस जांच करेगी कि आखिर मैटर क्या है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसमें पुलिस से अब क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं क्या मांग सकते हैं सर नहीं हमको सर का बोले सर देखिए <laughs> कोई बात नहीं यहाँ पे जो है सो आ, किस तरीके से ये रोक लग रही है और बिल्कुल ये जो मामला है वो जांच का विषय है जब तक जांच होगी तभी पता चल पाएगा कि आखिर इसमें क्या ही सामने निकल पाती है पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुँच चुके हैं मैं उनसे भी बात करूँगा कि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन उन्हें क्या लग रहा है और किस तरीके, तरीके का जो इनकी मृत्यु हुई इनका नाम क्या था सुमन कुमारी। सुमन कुमारी नाम तो कितने दिन से गायब थी है? ये? शुक्रवार आठ बजे समझे सात बजे से। तो आपने खोज भी इनके लिए पुलिस में शिकायत की थी जाकर? हाँ जी किए थे सुबह तो बोला कि हमने हम खोजने नहीं हम क्या सरकारी है ऐसे ऐसे बोलने लगा तो आप खोज आपकी बची माँ गयी थी मेरी तो आपको पुलिस द्वारा सपोर्ट नहीं मिला नहीं मिला सरका दिन मिला, दिन सपोर्ट मिला आपको और उसके बाद पूरी तरीके से संतावना नहीं मिली पुलिस तरीके से देख सकते हैं पुलिस द्वारा भी यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं मिला जैसा कि ये बता रहे हैं तुरंत खोज भी चालू नहीं की गई जिसका ये परिणाम है कि यहाँ पे दो दिन तीन दिन के बाद यहाँ पर जो है उनकी लाशा जा रहा है अरे ना अरे जाने वा तो दे, वाला भेल ये। आ, नहीं। नहीं। वाला ये मत लगाइए ज़्यादा में लगा लगाओ रस्सी का थोड़ा सा एक मत भरोसा कि तू ऐसे डीचा करो बोला मत हर के अरे हाथ पकड़ हाथ पकड़ मछली कहीं ना ए आवाज नहीं मेरा कान नहीं है डीवा जिला करो ना बात करिए देख बात करिए देख बात करिए बात करिए आप काम कर ले ले काम कर सामने कमिट आउट कर अरे बाबा बाबा अरे धीरे धीरे धीरे धीरे कोई हमारे साथ बड़ा बाबू भी मौजूद है मैं उनसे बात करूँगा सर आपने परिजन से बात की आपको क्या लगता है ये किस तरीके का बैटर है देखिए ये लड़की जो है दो तीन दिन से गैप थी कल हम लोग को इसका लिखित एक आवेदन उसके परिवार वाला दिया गया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है और दो तीन दिन से गायब है हम लोग खोज उज रहे हैं आप लोग भी इसमें एक कीजिए और आज दूसरा दिन ये देखने को मिल गया अभी जैसे कि मैंने लड़की से बा... लड़की के बहन से बात की उन्होंने बोला कि पुलिस द्वारा पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कार्रवाई नहीं की गई इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया है ये देखिए आवेदन भी मेरे पास है आज ही हमको मिला है आवेदन हाँ मतलब आज हमारे नज़र में तो आज ही आया अभी अभी जैसा कि पड़ोसी बता रहे हैं की क्या बता रहे ये देखिए आज ही आवेदन जो है ये मिला था हमको आज ही हम इसको मार्क भी किए थे और आज ही जैसा मिल गया क्या अब देखिए इसमें तो जांच का विषय है क्या कैसे हुआ क्या जी देख सकते हैं यहां पे जैसा कि बता रहे हैं यहां पे भवानी सिंह मौजूद है क्या करना साथ? चाहते हैं सर इसके बारे में देखिए अब तो ये जांच का विषय है आप डेट बॉडी निकला है पोस्टमार्टम होने के लिए जा रहा है मोबाइल कॉल डिटेल्स से भी सारी जानकारी ली जाएगी उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा आखिर ये खुद खुदकुशी की है या किसी के द्वारा इसकी हत्या की गई है बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ भी कहना मुमकिन है देखिए सबका यही कहना है कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ ही कहना है देख सकते हैं हमारे साथ डीएसपी सर मौजूद हैं हम इनसे कुछ बात करेंगे सर शुरुआती दौर में क्या पता चल रहा है थे थे थे थे थे क्या इसका शुरुआती दौर इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चल रहा है सर ये एक सुसाइड का मामला है या एक जो है सो मौत हुई है देखिए ये का विषय है पहले सर्वप्रथम तो ये अभी सौ मिला था ये नहर में ही रह रही थी ठीक है पुरुष अभी घर जैसे जाने की बात प्रकाश में आ रही है अब जांच के बाद ही क्लियर होगा कि क्या हुआ तो अभी पोस्टमार्टम की जाएगी पोस्टमार्टम की जाएगी बनाया जाएगा पोस्टमार्टम में किया जाएगा ये देखिए जैसे कि अभी डी सर ने बताया कि अभी पोस्टमार्टम की जाएगी तभी पता चल पाएगा कि आखिर इसमें क्या हो सकता है और जाँच का प्रयास करता रहता हूँ कि इस तरीके की चीज़ को दिखाया जाता कि सच सामने आना चाहिए जब तक सच सामने नहीं आएगी हमें नहीं लगता इस तरीके की जो है समाज से कुरोतियाँ दूर होगी कैमरामैन सतीश के साथ मैं प्रकाश सोगार फॉर्म बिहार जैक्शन जय हिंद